कहते हैं दुनिया का सबसे मजबूर इंसान परदेसी होता है वो अपना ही घर बनाने के लिए अपना घर छोड़ देता है बहुत